के साथ अब बात करनी है वो थोड़ा भाव खाएगी और ज्यादा बोलोगे तो एटीट्यूड वाला लेक्चर सुनाएगी पर वक्त वक्त की बात है आज इग्नोर कर रही है ना कोई ना बाद में बात करने के लिए फेक आईडी बनाएगी me, all... कितने अजीब लोग हैं दुनिया में हकीकत में कम और तस्वीर में ज्यादा मुस्कुराते हैं अरे किस्मत के भरोसे नहीं बेटा में मेहनत के दम पे छा गए ये ऑनलाइन गालिया तो बच्चे देते है तकलीफ हो जाएगी जो हम सामने आ गए डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए पर वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए तो मुझे जानता नहीं है मैंने कहा तू तो मुझे नहीं जानती जो जैसा करता है उसको वैसे रखता हूँ और जितनी तेरी सहेली है ना उतनी तो मैं ब्लॉक लिस्ट में रखता हूँ इतनी जब तेरे खातिर जान देने को भी तैयार थे आज भगवान नीचे आके भी पूछ लेना की बेटा तुझे क्या चाहिए सारा की पैड फोन मांग लेंगे पर तू नहीं चाहिए बोलते नहीं पर बहुत सी चीजें अंदर ही अंदर से चुप जाती हैं और सच्ची तो कहा है किसी ने अकल बदाम खाकर नहीं धक्के खा कर ही आती है वो के, तो से से चलना मेरे दोस्त इस दुनिया में अड़वे कम और भडवे और अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी कि अगर तू कुछ बाजी हार गया कोई दिक्कत नहीं तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी और एक बात ध्यान रख मेरे दोस्त ये कलयुग है मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा अगर मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहे कि तुम नहीं कर सकते एक फ्री एडवाइस दू वो तो ले लोगे अपने करियर पर ध्यान देना थोड़ा शुरू कर दो क्योंकि कहते हैं मोहब्बत कितनी भी सच्ची या गहरी क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ी जाती है जब कोई प्यार से बात करे तो थोड़ा तमीज में रहते हैं जनाब और आप क्या सोच रहे हो कि हम आपसे गुस्से हैं उसे गुस्सा नहीं नफरत कहते हैं जनाब